It is स्टोरी आइस क्रीम आई लाइक आइस क्रीम वेरी मच मुझे बहुत ज़्यादा आइस क्रीम पसंद है आई लाइक आइस क्रीम इज़ वेरी कोल्ड आइस क्रीम बहुत ठंडी होती है फ्रेस होम मेड आइस क्रीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट घर की बनी हुई आइस क्रीम मेरी फेवरेट है केवल वही आइसक्रीम जो है मेरी फेवरेट है आई विल अलवेज शेयर माई आइसक्रीम विद माई मोम एंड टाइड मैं अपनी आइसक्रीम केवल अपने माँ और पिताजी को शेयर करती हूँ थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग लाइक कमेंट एंड शेयर